एक रिसर्च किया गया और रिसर्च ऐसा हुआ कि सौ लोगों का लाइफ को मॉनिटर किया गया और उन सौ लोगों की लाइफ को मॉनिटर किया गया तो उन सौ लोगों में से करीब दस लोग ऐसे थे जिन्होंने गोल सेट किए थे और नब्बे लोग ऐसे थे जिन्होंने गोल सेट नहीं किए थे जो उस नब्बे लोग थे जिन्होंने गोल सेट नहीं किए थे वो पता नहीं किसी भी डायरेक्शन में चले गए उनकी लाइफ में सक्सेस ज़्यादा नहीं थी वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाए वो एक लेवल पर जाके रुक गए और उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया लेकिन जो दस लोग थे जिन्होंने गोल सेट किए थे साल के गोल दस साल के गोल लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल मिड टर्म गोल वो हर आदमी बहुत बिलियोनर बना वो हर आदमी अपनी जिंदगी से बहुत खुश था वो हर आदमी का सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था वो हर आदमी आगे से आगे बढ़ रहा था दोस्तों इट्स इंपॉर्टेंट टू सेट गोल्स सबसे पहली आदत जो मैं रेकमेंड करूँगा जो आपको सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में और सबसे पावरफुल बनने में मदद कर सकती है वह है राइट योर डायरी डेली बेसिस पे राइटिंग डायरी राइटिंग की आदत डाल लीजिए दोस्तों डेली बेसिस पे जब आप डायरी राइट करेंगे तो उससे आपको काफी सारी चीजें रिफ्लेक्ट नहीं करता रिव्यू नहीं करता क्यों ना हम डायरी लिखना शुरू कर दे कई लोग मुझसे आके पूछते हैं सर बड़ा बोरिंग है शाम को समय नहीं मिलता हम टाइम नहीं मैं कहता हूं दोस्तों एक पेज एक पेज लिख ले यार एक पेज लिख ले हाउ मच टाइम विल इट टेक हार्डली टू मिनट्स जस्ट गेट द टू मिनट जिस दिन सैटर्डे संडे हैं गेट फिफ्टीन मिनट आज अगर ये वीडियो आप मेरा देख रहे हो इमीडिएटली जाकर राइट diary में लिख लीजिएगा